हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे तरीई की सब्ज़ी देखिए फ्रेंड्स मैंने चार प्याज लिए हैं एक टमाटर एक हरी मिर्ची और तोरी तोरी की सब्ज़ी बनानी बहुत सिंपल है लेकिन हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे देखिए चलो हम बनाना शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स इनको मैंने धो के काट लिया है और बीच में से ऐसे काटा है ताकि मैं इसमें मसाले भर सकूं ये देखिए फ्रेंड्स और प्याज मैंने कद्दूकस कर लिया है टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिया है अब मैं ये खड़े मसाले धनिया काली मिर्च और जीरा इसको रोस्ट करके पीस लूंगी देखिए फ्रेंड्स मैंने मिर्ची कूट ली है कढ़ाई रख दी है अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी पहले तेल को गर्म होने देते हैं तेल गर्म हो चुका है हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा साबुत जीरा अब हम डालेंगे प्याज टमाटोर तो एक काटी डाल देंगे सारा कुछ इसको अच्छे से भूनेंगे साथ ही हम मिर्ची भी डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार अच्छे तो से भुनना है फ्रेंड्स जितना भी पानी एक्स्ट्रा है उसको सुखा देना है नमक थोड़ा सा और डालेंगे हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर फ्रेंड्स जो मसाला हमने पीसा था वो भी अभी डाल देंगे अब इसका पानी पूरा सुखा के इसको ड्राई कर लेंगे अच्छे से भून लेंगे इसको हमने ज़्यादा नहीं भूनना है बस ये पानी सूख जाए ड्राई हो जाए तब तक हमने भूलना है देखिए फ्रेंड्स मसाला भुना जा चुका है पानी सूख गया है अब अभी सूख गया पूरा इसे हम किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं देखिए फ्रेंड्स ये मैंने मसाले निकाल लिया है अब इसको तोरियों के बीच में भर भरें, गए भरेंगे इसे करके इसको खोल लेंगे फिर चम्मच से मसाले को इसमें स्टफ्ड करेंगे देखिए फ्रेंड्स मैंने ये भर भर दिए हैं तोरियों को कुछ मसाला हमारा बच गया है इसका भी हम यूज़ करेंगे कढ़ाई पे तेल गर्म मैंने वही कढ़ाई ले ली है इसमें थोड़ा सा तेल डाला है वो गर्म हो चुका है अब हम को डाल, इसको कर है अब ये मसाला मैंने से डाल देना है। हैल्के से चलाते हुए को ढक देना है कम से कम पाँच मिनट के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे पाँच मिनट हो चुके हैं चेक करते हैं फिर से इसे, इसे पकने के लिए रखेंगे दस मिनट के लिए चेक करते हैं थोड़ी देर बिना ढके पकाएंगे ताकि इसमें से जो पानी निकल रहा है वो सूख जाए देखिए फ्रेंड्स ये बन चुकी है इसको बनने में लगभग पंद्रह मिनट लगता है अब करते हैं गैस को बंद और सर्व करते हैं देखिए फ्रेंड्स हमारी भरवा तोरी बन चुकी है अब हम इसे धनिया से गार्निश करते हैं हरे धनिया से आप जरूर बना के खाइएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू फ्रेंड